हैवरी वन मैं महेंद्र पांडे आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं मेरा यूट्यूबूबूब चैनल के सी आई टेल चल रहा है इस पर कई टाइप के कंप्यूटर कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप जाकर के फ्री में कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकते हैं उसी क्रम में मैं आज जो क्लास ले करके आया हूँ बिकॉज मेरा प्रैक्टिकल क्लासेज में आज थर्ड की क्लास है लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट डे प्रैक्टिकल क्लास एंड सेकेंड डे प्रैक्टिकल क्लास प्रोवाइड कराया जो बिगनर्स के लिए है बिगनर्स टू एडवांस कहने का मतलब जिसे जीरो लेवल से कंप्यूटर की पढ़ाई करना है उनके लिए वीडियो खासा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर में नए हैं कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के सी आई स्पेशलिस्ट पर जाएं और कंप्यूटर बेसिक कोर्स की प्ले को ओपन कर लें और वहाँ से स्टेप बाई स्टेप वीडियोज़ को देखें जिससे आपको कम्प्लीट नॉलेज हो जाएगा और आप जीरो लेवल से कंप्यूटर की पढ़ाई कर पाएंगे तो आज का जो मेरा टॉपिक है नोट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें तथा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप वेल आइकन जरूर प्रेस कर लें तो आज का जो मेरा टॉपिक है नोटपैड पिछली क्लासेज में मैंने आप लोगों को बताया कि हम कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं कंप्यूटर में पार्ट ऑफ विंडो क्या होता है आइकन्स क्या हैं डेस्कटॉप क्या होता है टास्क बार क्या होता है डेस्कटॉप को हम कैसे चेंज करते हैं फाइल फोल्डर्स क्या है उसको हम कैसे व्यवस्थित करते हैं स्टोरेज वगैरह हम कैसे मेंटेन करते हैं हम आइकन्स को हिडन कैसे करते हैं इट मीन्स बेसिक का जो कंप्यूटर हैंडलिंग में स्टार्टिंग में जो वर्क होता वो मैंने पिछली क्लासेस में बताया तो अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हुई हैं तो उसको जा करके आप स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा और ये क्लासेज आपको आसानी से समझ में आएंगी तो हम आज देखते हैं नोट पैड ही क्यों विकॉज यदि आप कंप्यूटर में नए हैं यदि आप विगनर्स हैं अगर आप कंप्यूटर में जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो विंडोज़ के अंतर्गत जो सबसे बेसिक एप्लीकेशन होता है जिसे हम नोट कहते हैं हम लोग नोटपैड सबसे पहले पढ़ाते हैं बिकॉज उसमें आप कीबोर्ड की कंप्लीट हैंडलिंग कर पाते हैं नोट जो है एक टेक्सट डॉक्यूमेंट विंडो है जिसे हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं और इसका फाइल एक्सटेंसन डॉट होता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नोट पैड को ओपन कैसे करते हैं हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं मैंने जबकि पिछली वीडियोस में आपको ओपन करना बताया हुआ है बट अग, यदि आप पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं या अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ओपन करना मालूम हो जाएगा यहां स्टार्ट पर हम क्लिक करते हैं और हमारे सामने ये आल प्रोग्राम्स का पॉपअप आ गया है जहाँ से हम इस्क्रॉल वार से एलिवेटर को एलिवेट करके नीचे आ जाएंगे जहाँ पर हमारा नोट का एग्जैक्ट लोकेशन होता है जिसे हम विंडोज एक्सेसरीज़ बोलते हैं यदि आप पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो आल प्रोग्राम्स के अंतर्गत आपको एक्सेसरीज ऑप्शन मिलेगा जहां से जाकर के आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं तो यहां पर हम क्लिक करते हैं और यहां आप देख पा रहे हैं नोट पैड पर हम क्लिक करेंगे नोटपैड हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा आप देख पा रहे हैं रिस्टोर विंडो आ गई नोट की नोटपैड की विंडो आपके सामने रिप्रेजेंट है अगर हम इसको मैक्समाइज करना चाहते हैं तो यहां पर हम मैक्समाइज पर क्लिक कर देंगे और नोटपैड आपके कंप्लीट डेस्कटॉप पर पूरे ओपन होकर के आ जाएगा अब हम क्या करते हैं यहाँ से चाहे तो मिनिमाइज़ कर लें मिनिमाइज़ करने के बाद आपके टास्क बार पर आपका एप्लीकेशन आ जाता है यहाँ हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है हम चाहे तो यहाँ से क्लोज कर लें ये काम हम कीबोर्ड से करके एक बार देख लेते हैं एवन पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया हुआ है बट यहाँ हम करके देख लेते हैं हम विंडो बटन को प्रेस करते हैं पॉपअप ओपन होता है और हम नीचे जस्ट आ जाते हैं विंडोज़ एक्सेसरीज़ पर आएंगे बिकॉज जो नोट का एग्जैक्ट लोकेशन होता है वो विंडोज एक्सेसरीज़ होता है या एक्सेसरीज होता है तो एक्सेसरीज पर हम आ जाएंगे यहाँ से और यहाँ पर आकर के हम एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद हम डाउन एरोज से नीचे आएंगे और नोट पर सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे आपके सामने नोट पैड की विंडो आ जाएगी इसको हम मैक्सीमाइज़ करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ इस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैक्समाइज़ पर क्लिक कर देंगे विंडो मैक्सीमाइाइज होकर के आ गया है आप देख पा रहे हैं हम नोटपैड की विंडो पर हैं कंप्लीट कंट्रोलिंग मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कंट्रोल मेनू बॉक्स का यूज करके हम कैसे अपने एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं नोट के बारे में तो थोड़ा सा नोटपैड के बारे में हम जान लेंगे नोटपैड का जो फाइल नेम होता है नोट का फाइल नेम है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तथा तो तो फाइल एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन है क्या किसी भी एप्लीकेशन को जब हम सेव करते हैं तो कंप्यूटर उसका एक एक्सटेंशन लगाता है इट मीनस सेव एज टाइप जो आपका फाइल सेव होता है उसका प्रकार क्या है आप देख पा रहे हैं नोट का दूसरा नाम है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड फाइल एक्सटेंशन है आपका .txt तो अब हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ विंडो नोट को हमने आपको बताया हुआ है कि हम क्लासरूम के तरीके से बेसिक एकदम बिगनस जीरो लेवल से पढ़ाएंगे आपको तो सबसे पहले हमने जाना कि नोट का दूसरा नाम क्या है जिसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसका एक्सटेंशन क्या होता है डॉट टी कहते हैं इसे लोग टेक्स्ट एडिटर के नाम से भी जानते हैं तो अब हम चलते हैं पार्ट ऑफ विंडो जो विंडो हमारे सामने ओपन होकर के आई है इट मींस नोट का एप्लीकेशन आपके सामने आया है तो इसके विंडो के पार्ट को हम जान लेंगे किस किसे हम क्या बोलते हैं थोड़ा जूम कर दे रहे हैं इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर कॉर्नर पर आप देखें यहाँ आपको एक आइकन दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ है अन टाइटल्ड और अगर आप राइट में आते हैं राइट में आप देखेंगे यहाँ मिनिमाइज का सिंबल है यहाँ मैक्सिमाइज़ है जो मैक्सिमाइज़ अगर हम रिस्टो मैक्सिमाइज़ करते हैं तो यहाँ पर रिस्टोर का सिंबल आता अगर तो है अगर रिस्टोर रहता है तो मैक्सिमाइज़ लिख के आता है यहाँ पर आपका क्लोज है तो ये कंट्रोल टूल्स होते हैं तो टाइटल बार को पहचानने का तरीका होता है लेफ्ट कॉर्नर कंट्रोल मीनूबॉक्स इट मीन्स कंट्रोल मीनूबॉक्स ये होता है जो आपको आइकन दिख रहा है इसे हम कंट्रोल मीनू बॉक्स कहते हैं अगर हम अल्ट स्पेस बार यहाँ प्रेस करें तो कंट्रोल मीनू बॉक्स का एक ड्रॉपडाउन लिस्ट आ जाता है जहाँ से अपने विंडो पर हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं तो कहने का मतलब नोट में टाइटल बार को पहचानने का तरीका या किसी भी एप्लीकेशन में टाइटल बार को पहचानने का तरीका क्या होता है लेफ्ट कॉर्नर कंट्रोल मीनू बॉक्स डॉक्यूमेंट नेम एंड राइट कार्नर कंट्रोल टूल्स ये जहाँ अवेलेबल होते हैं उसे हम टाइटल बार कहते हैं इटल मतलब होता है शीर्षक बार मीन होता है पट्टी वह पट्टी जहां पर शीर्षक प्रेजेंट होता है वह पट्टी का जहां पर किसी एप्लीकेशन का शीर्षक प्रेजेंट होता है उपस्थित होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं और टाइटल बार का जो डिफॉल्ट पोजिशन होता है एप्लीकेशन के टॉप पोजिशन में होता है तो आप देख पा रहे हैं ये ऊपर की पट्टी आपकी क्या है टाइटल बार इसे हम टाइटल बार बोलते हैं जस्ट नीचे आप देखेंगे यह है आपका मेन्यूबार किसी एप्लीकेशन में जो फीचर्स होते हैं कंप्लीट वो मेन्यूबार के द्वारा हम उसको ऑपरेट करते हैं मैन्यू ऑप्शंस के माध्यम से हम उस विंडो में होने वाले वो सारे कार्य कर सकते हैं जिसके लिए वो विंडो यूज़ किया जाता है या उपयोगी होता है तो मेन्यूबार में आप देखें स्टार्टिंग में फाइल है और लास्ट में हेल्प है हम इसको फिर से जूम करके दिखाते हैं आपको आप देखें यह मेन्यूबार है जहाँ फाइल एडिट फॉर्मेट ब्यू एंड हेल्प ये मेन्यू ऑप्शंस हैं आपके इन्हीं को आपको पढ़ना यदि आपको कंप्लीट मेन्यू ऑप्शंस की जानकारी हो जाए तो आपको नोटपैड पर कमांड हो जाएगा नोटपैड की विंडो पर आपको कमांड हो जाएगा हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं तो हम नोटपैड जबकि 15 से 20 मिनट में खत्म किया जा सकता है पढ़ा करके बट इसको मैं डीपली पढ़ा रहा हूं सो so, आज की क्लास में मैं आपको नोट के पार्ट ऑफ विंडो तथा फाइल के बारे में मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इट मींस नोट का जो पार्ट टू आएगा मेरा उसमें मैं कंप्लीट नोट एडिट से लेकर के लास्ट तक आपको नोट का नॉलेज प्रोवाइड करूंगा और दो क्लासेस में मैं आपका नोट फिनिश करूँगा तो आप देखें सबसे ऊपर टाइटल बार हो गया जस्ट मेनू बार मेनू बार में मेनू ऑप्शन से हमें पढ़ने होते हैं फिर हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाता है नोट के बारे में या जिस भी एप्लीकेशन का हमने कंप्लीट मेन्यू पढ़ लिया फिर उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाता है हम इसको जूम हटा देते हैं यहाँ से इसको हम छोटा कर देते हैं अब हम देख पा रहे हैं ये हो गया टाइटल बार यह मेन्यू बार हो गया मेन्यू बार के नीचे पूरा आपको एक पेज दिख रहा है जिसमें मैं आपको अपने माउस पॉइंटर से इंडिकेट कर रहा हूँ इसे हम बोलते हैं वर्क एरिया वर्क एरिया मतलब होता है कार्य क्षेत्र जहाँ पर हम कार्य करते हैं जब हम नोट को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट तरीके से आप देख पा रहे हैं जो आपका ये ब्लिंक कर रहा है जिसे हम इंसर्शन पॉइंट या ब्लिंकिंग पॉइंट कहते हैं आप ये मूव करके मैं दिखा रहा हूँ आपको ये जो है आपका ये इंसरसन पॉइंट या इसको ब्लिंकिंग पॉइंट कहते हैं और इसका एग्जैक्ट पोजिशन लैपटॉप कॉर्नर पेज के लैपटॉप कॉर्नर पर होता है वो यह वह इंडिकेटर है जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं इंडिकेट करता है और यही आपका इंसर्शन पॉइंट होता है और आप राइट साइड में आ जाएंगे तो आपको एक पट्टी दिख रही है अभी बहुत हाईलाइट नहीं है अभी आपके वर्क एरिया पर कोई भी टेक्स्ट नहीं है इस पट्टी का को हम क्या बोलते हैं स्क्रॉल बार हम इसको भी आपको बड़ा करके दिखा देते हैं यह जो पट्टी आपके सामने साइड में दिख रही है इस पट्टिका को हम स्क्रॉल बार कहते हैं इस स्क्रॉल बार का यूज हम कब करते हैं जब हमारा टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम में हिडन हो जाता है छिप जाता है तो इसके अंदर एक एलिवेटर आ जाता है जो अपने हम माउस के स्क्रॉल बटन से या माउस पॉइंटर को ले जा करके उस पर क्लिक करके हम ड्रैग करके एलिवेटर को एलिवेट करके टेक्स्ट हिडन टेक्स्ट को हम देख सकते हैं सेम इसी तरीके से आपको एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार अवेलेबल मिलता है यहाँ नीचे जब आपके टैक्सट लेफ्ट राइट right में हिडन हो जाते हैं मतलब विंडो के राइट right में हिडन हो जाता है या लेफ्ट में हिडन हो जाता है लेफ्ट में हिडन कब होता है जब हमारा राइट right में छिपने लगता है तो टेक्स्ट मूव करते आता है इधर उधर तो हम स्क्रॉल बार के माध्यम से उसमें एलिवेटर आ जाएगा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार में और उस हेरिजेंटल स्क्रॉल बार के माध्यम से हम उसको मूव करके देख पाएंगे और उसके नीचे एक पट्टी आपको दिख रही है जिसे हम स्टेटस बार बोलते हैं जहाँ पर आपको एल कॉल वन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है किस लाइन और किस कैरेक्टर पर हम हैं वो यहाँ आपको शो करता रहता है तो ये जो पट्टी का है नीचे आपकी इसको हम स्टेटस बार कहते हैं आपका स्टेटस हाईलाइट करता है कि आपका जो इंसर्शन पॉइंट है किस लोकेशन में है और सबसे नीचे एक पट्टी होती है जिसे हम टास्क बार कहते हैं तो ये हो गया इसका पार्ट ऑफ विंडो हम आ जाते हैं फाइल पर आप देख पा रहे हैं फाइल में ये ऑप्शन हैं न्यू न्यू विंडो ओपन सेफ सेवाज पेज सेटअप प्रिंट एग्जिट आप देखें इसके साइड में भी कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं जैसे कंट्रोल प्लस एन ये कीबोर्ड बोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो काम हम क्लिक करके कर सकते हैं वही काम हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करके कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन करके कर सकते हैं कंट्रोल ओ करके से कर सकते हैं कहने का मतलब यदि न्यू करना है तो कंट्रोल एन न्यू विंडो लाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन ओपन करना है तो कंट्रोल ओ सेव करना है कंट्रोल एस सेव एस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस पे सेटअप का यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं अवेलेबल है प्रिंट करेंगे कंट्रोल पी एग्ज़िट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा एग्जिट के लिए हम अल्टीप्लस एफ फोर भी यूज़ करते हैं तो अब हम एक एक को आसानी से समझेंगे आप ध्यान देंगे फाइल मेन्यू मेन्यू बार में फ़ाइल मेन्यू पर हमने जब क्लिक किया तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आई जिसमें आपके मेन्यू ऑप्शन हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि हम फाइल मेन्यू को हमने ओपन करा है तो ये जो ऑप्शंस हैं ये फाइल के साथ हम अगर बोलेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी मतलब फाइल फाइल को न्यू करना मतलब नई फाइल लाना फाइल न्यू विंडो एक नई विंडो की फाइल हम लाना चाहते हैं मतलब विंडो ही नया लाना चाहते हैं तो हम यहाँ से आ सकते हैं हम अपनी रिसेंट्स फाइलों को खोलना चाहते हैं जो सेव्ड फाइल है उसे ओपन करना चाहते हैं तो हम ओपन से जाते हैं हम अपनी फाइलों को जो हमने कुछ मैटर लिखा हुआ है कुछ बर, कुछ भी टाइप करा हुआ है उसको हमें सेव करना है अपनी फाइल को तो हम सुरक्षित करना चाहते हैं सेव पर क्लिक करते हैं सेवैज करते हैं जो सेव्ड मैटर है उसको हम दोबारा सेव करना चाहते हैं फाइल नेम वग़ैरह चेंज करके या लोकेशन चेंज करके हम फाइल नेम चेंज करके करना चाहते हैं तो हम सेवैज का इस्तेमाल करते हैं हमें पेज को अपने जो मैंने फ़ाइल बनाई हुई है उस फाइल को प्रिंट करना है तो अपने फाइल का सेटअप हम पेज सेटअप से जा कर कर लेते हैं और बनी हुई फाइल को जिसको हमने सेटअप किया जिसका उसे हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट का हम इस्तेमाल करते हैं हमें बाहर जाना है एप्लीकेशन से तो हमें एक्जिट का यूज़ करते हैं तो हम एक एक करके समझते हैं इसको आप देखें न्यू अभी हम न्यू करेंगे तो आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा हम यहाँ पर आकर के कुछ लिख लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल है केसीआई सी टेली स्पेशलिस्ट हमने कुछ लिख दिया यहाँ पर और हम चाहते हैं कि इस फाइल को हम नई फाइल लेकर के आए यहाँ पर और फाइल को हमने सेव नहीं किया क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ है तो यदि हम फाइल पर जाएंगे और न्यू करेंगे तो सबसे पहले इसे सुरक्षित करने के लिए एक अलर्ट आ जाएगा और इस अलर्ट को आप पढ़ सकते हैं डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस टू अन क्या आप सुरक्षित करना चाहते हैं अपनी अनटाइटिल को जिसमें आपने कोई टाइटल नहीं डाला हुआ है और आपने इसमें मैटर लिखा हुआ है अपना कुछ भी उसको क्या आप सुरक्षित करना चाहते हैं भविष्य में देखने के लिए तो यदि आप करना चाहते हैं तो आप सेव पर क्लिक करेंगे यदि नहीं करना है इसको बंद करना है तो डोंट सेव करेंगे और अगर इस पर काम करना है तो आप कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं डोंट सेव बिकॉज हमने न्यू फाइल लेनी है तो हम यहाँ से डोंट सेव कर देंगे और हमारी नई फाइल आ जाएगी कहने का मतलब यदि हम फाइल मैन्यू में जाएं अगर हमें नई फाइल की ज़रूरत है अगर हम किसी फाइल पर काम कर रहे हैं अगर वो फाइल हम हटा करके नई फाइल लाना चाहते हैं तो हम न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं या हमारी कोई सेव्ड फाइल हमने ओपन करी हुई है उसको हम हटा करके एक नया फाइल लेना चाहते हैं तो हम न्यू करते हैं इसी तरीके से यदि हमें एक नई विंडो चाहिए होती है तो हम न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक नई विंडो प्रदर्शित हो जाती है नोट की और हम यहाँ भी काम कर सकते हैं सेव तो हम उसी विंडो की तरह से यहाँ पर भी मैटर लिख सकते हैं वही सारा काम कर सकते हैं यहाँ फाइल में जा के हम सेब या न्यू विंडो न्यू करना चाहते हैं तो हम न्यू कर सकते हैं इसके अंतर्गत भी हमें न्यू विंडो लेना है तो हम वो सारा काम कर सकते हैं मतलब कि सेम उसी तरीके से एक विंडो हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं यदि हम करना चाहते हैं हम न्यू विंडो लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं और हम फिर बैक आ जाते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यदि हम नई फाइल लेना चाहते हैं और हमारी फाइल सेव्ड नहीं है जिस पर हम काम कर रहे हैं तो इस तरह का एक अलर्ट आएगा जहाँ से हमको अगर ओपन नई फाइल लेना है तो हम डोंट सेव करते हैं तो मेरा जो विंडो आया था न्यू विंडो वो इसके अंतर्गत विंडो आया था वो हट गया आपका अब हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं आपने देखा न्यू न्यू से हम नई फाइल ला सकते हैं न्यू विंडो से एक नई विंडो हम ला सकते हैं इसी विंडो के अंतर्गत ओपन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं कोई भी पहले से सेव की गई फाइल है उस फाइल को ओपन करके लाना चाहते हैं तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट विंडो या एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया और यहाँ से आप फाइल लेंगे कोई भी फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं जैसे यहाँ एक के टैली करके एक फाइल है और इस पर हम ओपन करते हैं इसको तो आपके सामने मेरी फाइल ओपन होकर के आ गई आप देख पा रहे हैं जहां अन लिखा हुआ था वहां आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ है के सीआई टाइली करके फाइल नेम लिखा हुआ है तो आप क्या करते हैं जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यदि फाइल सेव्ड है तब हम न्यू करना चाहेंगे तो कोई भी अलर्ट नहीं आएगा डायरेक्टली वो फाइल हट जाएगी चूंकि वो पहले से सेव्ड है भविष्य में उसको हमें प्राप्त करना तो उसके लिए हमें कोई भी मैसेज यहाँ हट नहीं आएगा क्योंकि वो मेरी सेव्ड फाइल है और हमारी फाइल नई फाइल ओपन होकर क्या जाएगी हम यहाँ चलते हैं ओपन पर फिर से आपको एक बार करके दिखाते हैं ओपन पर जाएंगे तो आप देख रहे हैं जिस एप्लीकेशन से हम ओपन करते हैं डिफॉल्ट तरीके से वही फाइल नेम और एक्सटेंशन शो करता है क्यों ऐसा है क्योंकि उसी एप्लीकेशन की फाइल हमें लेना है तो उससे रिलेटेड यदि फाइलें सेव है तो आपको यहाँ पर मिल जाती है तो हम यहां से ओपन करके ले लेंगे फाइल कोई पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो भी ओपन हो जाएगी नहीं तो हम सेलेक्ट कर लें और ओपन पर जाए क्लिक कर दें तो हमारा ओपन होकर के आ जाएगा हम यही डबल क्लिक करके दिखाते हैं आपको फाइल ओपन होकर के आ गई तो आपने देखा फाइल में न्यू से क्या होता है नई फाइल आती है न्यू विंडो से एक नई विंडो आ जाती है ओपन से जो मैंने पहले फाइल सेव कर रखी है उसको हम यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं अब हम देखते हैं सेव लेकिन सेव को देखने से पहले हम अपनी इस फाइल को बंद करेंगे बिकॉज ये मेरी सेव्ड फाइल है पहले से तो हम यहां से न्यू फाइल ले लेते हैं और हम यहां चलते हैं लिखते हैं आप देख पा रहे हैं मैंने अपने चैनल का ही नाम लिख दिया माय यूट्यूब चैनल इस के सी आई टेली स्पेशलिस्ट बाई महेंद्र अब हम इसको सेव करते हैं सेव करेंगे सेव करने का मतलब क्या है फाइल को अपने सुरक्षित कर लेना अपनी फाइल को भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं अगले दिन हम उसके पाए आगे और कुछ लिखना चाहते हैं तो उस फाइल को हम सेव करके रख लेते हैं जिससे वो फाइल हमें भविष्य में प्राप्त हो सके तो हम फाइल पर जाते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक डायलॉग आ गया जिसे हम डॉक्यूमेंट विंडो भी कह सकते हैं मैंने आपको पीछे बताया था कि विंडो दो प्रकार का होता है एक आपका मेन विंडो और एक ग्रुप विंडो ग्रुप विंडो के अंदर एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो आ जाता है और एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत आपका एक्टिव विंडो होता है तो आपका डॉक्यूमेंट विंडो है और इस विंडो को हम चाहें तो इस कैप की से हम हटा सकते हैं बट एप्लीकेशन को स्केब से हम हटा नहीं सकते आप देख पा रहे हैं मैं स्केब प्रेस कर रहा हूं और ये हमारा नोटपैड का एप्लीकेशन नहीं हट रहा है बिकॉज ये एप्लीकेशन विंडो है और डॉक्यूमेंट विंडो आपका स्केब की से हट जाता है तो हम क्या करते हैं फिर से हम यहाँ सेब से पर जाते हैं और क्लिक करते हैं आपके सामने डायलॉग ओपन होकर के आ गया से बैस का डायलॉग आ गया आप ध्यान देंगे यहाँ लिखा हुआ है फाइल नेम मतलब हमें फाइल जिस नाम से सेव करनी है वो नाम यहाँ होना चाहिए और ये है से बैस टाइप मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नोटपैड का फाइल नेम और एक्सटेंशन। तो जिस एप्लीकेशन के अंदर हम फाइल को सेव कर रहे होते हैं डिफॉल्ट तरीके से सेब एस टाइप में उसका फाइल नेम और एक्सटेंसन शो हो जाता है जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको ले आता है फिर हम फाइल सेव करते हैं तो इसी टाइप में आपकी फाइल सेव हो जाती है आप देखें अगर हम डेस्टिनेशन चेंज करके फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम किसी भी डेस्टिनेशन में जा कर के फाइल को सेव कर सकते हैं हम चाहते हैं हम अपने फोल्डर के अंतर्गत फाइल को सेव करें तो हम क्या करते हैं हमने डेस्कटॉप पर आपको फोल्डर क्रिएट करना बताया हुआ था हम यहाँ से जाकर के एक नया फोल्डर क्रिएट करके फिर उसके अंतर्गत आपको फाइल को सेव करके दिखाते हैं यहाँ क्लिक करेंगे एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन आपके वर्क एरिया में आ जाएगा यहाँ पर आप डाल देंगे के टैली के टैली करके मैंने एक फोल्डर बना लिया हम इस फोल्डर पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर ओपन होकर के आ जाएगा आप देख पा रहे हैं हैं। लोकल डिस्क के अंतर्गत नाम का एक फोल्डर है, जहां पर हम फाइल देते हैं. YouTube चैनल मैंने एक फाइल नेम दे दिया YouTube चैनल अब हम क्या करते हैं यहां से क्लिक कर देते हैं तो हमारी फाइल YouTube चैनल जहाँ अनटाइटल्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर यहाँ YouTube चैनल नाम से फाइल सेव हो करके आ जाएगी आप देख पा रहे हैं यहाँ YouTube चैनल करके फाइल सेव हो करके आ गई इट मींस सेव से जा करके अपनी फाइल को हम एक फाइल नेम देकर के सुरक्षित कर सकते हैं यदि हम यहाँ पर न्यू करें तो ये हमारा विंडो नई विंडो आ जाएगी और फिर अपनी रीसेंट्स फाइल को हम खोलना चाहते हैं तो ओपन पर जाएंगे और ये ये YouTube चैनल नाम से फाइल मेरी यहाँ आ चुकी है जिस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो करके आ जाएगी अब हम देखते हैं सेव ऐज़ सेव ऐज का मतलब होता है दोबारा सेव करना अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम और कुछ बढ़ाएँ जैसे मैंने लिख दिया माई इंस्टीट्यूशन नेम इज़ कीर्ति कम्प्यूटर इंस्टिट्यूट, ठीक हमने कुछ इसमें मैटर बढ़ा दिया अब हम चाहते हैं कि ये फाइल हम किसी अदर नेम से सेव करें और और हम चाहते हैं कि जो मेरी यूट्यूब चैनल नाम से फाइल है उसमें ये मैटर ऐड ना हो हम क्या करेंगे डायरेक्टली हम सेव एस पर जाएंगे और फाइल नेम देकर के दूसरे नाम से इस फाइल को सेव कर देंगे और अगर हम ये मैटर इसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो हम सेव पर क्लिक कर दें या कंट्रोल के साथ यस yes प्रेस कर दें तो ये मैटर इसमें ऐड हो जाएगा बट मैं अभी कंट्रोल एस या सेव पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ सेव एस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम एक दूसरा फाइल नेम डालेंगे मैंने डाल दिया के कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो यहाँ पर हम के नाम से फाइल को सेव कर दे अब हम क्या करते हैं यहाँ से हम फिर से न्यू करते हैं अब हम आपको ओपन करके वो दोनों फाइल दिखाते हैं जो हमने दो नाम से सेव की है एक के और एक YouTube चैनल ये मेरी पहली फाइल थी जो मैंने अभी सेव किया था और ये अभी ये मैंने अभी करेंटली सेव किया हुआ है इस पर हम डबल क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं माई यूट्यूब चैनल इज़ के सी स्पेशलिस्ट बाई महेंद्र पांडे माई इंस्टीट्यूशन नेम इज़ कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये लिख करके आ रहा है बिकॉज इसको मैंने अभी सेवाइज करके फाइल को सुरक्षित किया है हम चलते हैं दूसरी फाइल ओपन करके अपनी देखते हैं इसको हम न्यू कर देते हैं यहाँ से चलते हैं ओपन और ओपन पर जा करके हम YouTube चैनल वाली फाइल ओपन करते हैं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका माई इंस्टीट्यूशन नेम इज़ कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं आया ऐसा क्यों हुआ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यदि हम सेव कर दिए होते वहीं सेव पर क्लिक कर देते तो डायलाग नहीं आता वो मैटर उसमें ऐड हो जाता लेकिन हमने उसको ना करके हमने डायरेक्टली सेब करके एक नई फाइल नेम दे करके उस फाइल को सुरक्षित कर दिया तो दोनों में डिफरेंट मैटर थोड़ा सा चेंज हो गया तो इस तरह से अपनी फाइल को हम सेव और सेब कर सकते हैं यदि ये मैटर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम पेज की सेटिंग करते हैं पेज की सेटिंग करना ज़रूरी इसलिए होता है कि हम अपने मैटर को अपने पेज में एक उचित स्थान पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए पेज सेटअप करना होता है जहाँ से हम मार्जिन अपने पेज को पेज की साइज मार्जिन ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं हम पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने प्रेजेंट है इसमें आप देख रहे हैं पेपर पेपर में साइज़ लिखा हुआ है ए साइज ए साइज जो होता है उसमें उसकी वेथ होती है एट पॉइंट एंड हाइट होता है एलेवन पॉइंट अलग अलग टाइप के पेजेस यहाँ अवेलेबल हैं आप कोई भी पेज चूज़ कर सकते हैं तो A4 साइज़ हम यहाँ डिफाल्ट तरीके से चुन लेते हैं सोर्स में आपके प्रिंटर को शो करता है बट यहाँ अभी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है तो एक जो प्रिंटर का ड्राइवर है मतलब जो डिफ़ॉल्ट ड्राइवर प्रिंटर एंड फैक्स में सेलेक्ट है वही यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर ओरिएंटेशन होता है ओरिएटेशन मतलब आपके पेज का व्यू जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इसमें आपका जो है टाल दिख रहा है मतलब हाइट ज़्यादा है और विथ्त कम है इस साइज़ इस तरीके के पेज को हम पोइट्रिएट बोलते हैं यह पोइट्रियट ओरिएंटेशन होता है अगर विथ्थ ज़्यादा होती और हाइट कम होता तो वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता जैसे मेरा ये पूरा विंडो है आपको दिख रहा है ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन में एक तरीके से और यहाँ आप देख पा रहे हैं मार्जिन इंचेस में सो कर रहा है लेफ्ट मार्जिन जीरो मतलब आधा इंच है इसको हम कर लेते हैं जीरो और राइट में मार्जिन आप देख पा रहे हैं मार्जिन यहाँ साइड में आपको ये प्रीव्यू में दिखा रहा है यहाँ भी हम कर लेते हैं 0.75 तो सेम मार्जिन हो गया लेफ्ट राइट का टॉप की मार्जिन हम 1 कर देते हैं और बॉटम की मार्जिन हम 1.2 कर देते हैं आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम व्यवस्थित कर लिया हमने इस तरह से आपको यहाँ क्यों बताया हम कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं हेडर में हमने डाल दिया के हेडर होता है जो टॉप एरिया होता है पेज का उस जो मार्जिन होती है आपकी उस एरिया को हम हेडर बोलते हैं जबकि पेज में जो आपका टॉप एरिया जो टॉप मार्जिन आप दिए होते हैं उसमें हेडर के लिए भी मार्जिन सेट होती है बट ये बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है तो इसमें वो सेटअप नहीं होता डायरेक्टली हम यहाँ सेव कर लिए और फूटर में हमने पेज वन कर दिया हम चाहें तो यहाँ पर लिख दें पेज वन पेज वन और हम यहाँ से इसको ओके कर लें तो मेरा पेज सेटअप हो गया हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ चलते हैं और अब हम प्रिंट करना चाहते हैं पेज सेटअप आपने देखा प्रिंट हम चाहे कंट्रोल पी करें मैंने भी आपको बताया था कि सोर्स में डिफ़ॉल्ट रे लिखा हुआ ये जो सेंड टू वन नोट जब एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर लिया जाता है तो आपका एक वन नोट माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एप्लीकेशन आता है जो प्रिंटिंग के लिए स्पेशली होता है जिस प्रिंटर का ड्राइवर ऑटोमेटिक आ जाता है तो तो वही ड्राइवर यहां पर सेलेक्टेड है इसलिए हमारा पेज सेटअप वगैरह आ रहा है और प्रिंट के लिए डायलॉग आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है हम क्या करते हैं आप देखें यहां स्टेटस शो कर रहा है रेडी हमें फाइल प्रिंट करना है प्रीफ्रेंस वगैरह में जा करके हम सेटिंग को देख सकते हैं यहां से प्रिंटर को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास कई सारे प्रिंटर लगे हुए हैं तो हम वहाँ से जा कर चेंज कर सकते हैं प्रिंटर को प्रीफ्रेंस में हम जाएँ तो हम यहाँ से आपको पेज का पूरा लेआउट दिखा सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि जो पेज साइज ए साइज़ होता है वो उसकी विर्थ 8.27 होती है और उसकी हाइट 11.69 होती है आप देखें ओरिएंटेशन पोट्रिएट में टॉल वाइज हाइट वाइज होता है और लैंडस्केप में विर्थ वाइज होता है कहने का मतलब जो विड़थ अभी तक आपने देखा जो हाइट में साइज दे रहा था वो विट्थ में आ गया और जो वर्थ में दे रहा था वो हाइट में आ गया बिकॉज हम लैंडस्केप में हैं मैंने आपसे भी बताया कि लैंडस्केप में विथ्त ज़्यादा होती है और हाइट कम हो जाती है अगर हम पोट्रिएट करते हैं तो हाइट ज़्यादा होती है और विट्थ कम हो जाती है इस तरह से हम यहाँ इसको चेक कर सकते हैं हम यहाँ से ओके okay करके आ जाएंगे हमें जितनी कॉपीज़ लेनी यहाँ पर हम क्लिक करके कॉपीज बदल सकते हैं और यहाँ पर अगर हम आल करते हैं तो जितने भी पेजेस होंगे स्टेप बाई प्रिंट हो जाएंगे स्टेप बाई स्टेप और अगर हम हमारे पास ज़्यादा पेजेस हैं तो हम यहाँ से पेज एक से दो दो से तीन जैसे भी हमको निकालना है उस तरह से सेटअप करके हम निकालते हैं बट ये बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटिंग हम नहीं करते हैं हम यहाँ से अप्लाई करते हैं तो प्रिंटिंग के लिए ओके होता है और यहाँ पर अगर हम प्रिंट कर दें हालाँकि प्रिंटर नहीं लगा हुआ है तो प्रिंट करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ के नोटिफिकेशन एरिया पर एक प्रिंटर का सिम्बल बन के आ गया है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए शो कर रहा है पेंडिंग दिखा रहा है तो आप देखें वन नोट मैंने भी आपको बताया कि वन नोट आपका प्रिंट के लिए होता है प्रीव्यू वगैरह इसमें तुरंत आ जाता तो आप देख पा रहे हैं ये वन नोट में प्रिंट करके दे दिया है प्रीव्यू आ गया आप देखें हेडर एरिया में के लिखा हुआ है और फुटर में आपका नंबर पेज नंबर वन लिखा है आप देख पा रहे हैं जो हमने हेडर फूटर में दिया हुआ था और मैटर जो आपका था वो बीच में आया है और जो मार्जिन हमने यहाँ से दिया था वो मार्जिन को इसने एक्सेप्ट करा हुआ है तो इस तरह से हम प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं हमारे पास प्रिंटर लगा हुआ है तो लास्ट है एग्जिट अगर एग्जिट किया तो इस एग्जिट मतलब होता है निकास बाहर आ जाना मतलब एप्लीकेशन से बाहर आ जाना तो एग्जिट कर देते हैं हम यहाँ करते हैं चाहे हम अल्ट प्लस है फोर करें चाहे एग्ज़िट पर आकर के क्लिक कर दें तो इस तरह से हम नोट एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे तो आपने देखा कि हम नोट को ओपन कैसे करते हैं नोट का फाइल नेम एक्सटेंसन क्या है नोटपैड की पार्ट ऑफ विंडो हम कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ें आपने समझा तथा नोटपैड में फाइल मेनू का हम यूज़ कैसे करते हैं उसके ऑप्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं उनका क्या उपयोगिता है वो आपने जाना आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं नेक्स्ट डे नोटपैड का नेक्स्ट वीडियो लेकर के तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद